फ्री फायर तो हो चुका है बैन लेकिन सवाल ये कि क्या फ्री फायर अनबैन होगा या नहीं इसका जवाब मैं आज आपको बताऊंगा देखिए फ्री फायर को सिक्योरिटी रीजन के लिए बैन किया गया है पबजी की तरह लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर किया ना ही फ्री फायर ने ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट किया है कि फ्री फायर अनबैन होगा या नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्री फायर के यूजर्स इंडिया में बहुत ज्यादा हैं। तकरीबन 70 मिलियन एक्टिव यूजर्स सिर्फ इंडिया के है तो फ्री फायर नहीं चाहेगा की इंडिया के अंदर फ्री फायर बैन रहे जैसे पबजी वापस आ गए इंडियन वर्जन लेके वैसे फ्री फायर भी इंडियन वर्जन लेकर वापस आ जाएगी और ये कन्फर्म है वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना न्यू तो सब्सक्राइब कर देना